अब मुझे मान लीजिए हमारी इस कॉलन में मुझे चेक नंबर इंट्री करनी है तो आप यहाँ एंट्री कर सकते डिजिट का होता है हमने डाल दिया डिजिट का हमने चैट डाल दिया अब इसमें क्या है कि मुझे कभी कभी जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो मार्टे आपका जीरो नहीं करेगा तो पूरे कॉलम में मुझे चेक नंबर लिखने हैं तो दो तरीका एक तो आप सिंगल कोड लगाएं और जीरो जीरो टू फाइव सिक्स थ्री लिखें तो सिंगल कोड क्या हुआ इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया अब पूरे कॉलम पे मुझे चेक नंबर ही डालना है तो हम कॉलम ए को सेलेक्ट करेंगे नंबर में जाएंगे टेक्स्ट पे जाएंगे एंड जस्ट प्रेस ओके अब क्या हुआ यहाँ मुझे अब जीरो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है आप इंटी डाल सकते हैं यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे टेक्सट होगा एटलीस्ट आप जो फार्मूला भी, भी इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला फार्मूला परफॉर्म नहीं करेगा वो इस तरह से आपको दे देगा टेक्स्ट में लिखा होगा